ऊचो थीण ऊचो थो भगता भवानी फूले रजपुती रोठा जय जय मा ज्वाला जय जय भगत करी माँ वर दो तो दास को मैया अजी आय करी बेठी बेठी रे मंगरा में मोट माटा में जंगी झोखिया सुमनोहर अलगज मोती हा 我 बैठी बैठी ये मंदिर में मोटी में। o p a